था ना ना एडिटर के लिए था याद कोई आज आज आज आज आज भी गेरी आज भी आज भी आज भी, आज भी, आज भी, आज भी है ज़्यादा हो गया। ये सब ये बताओ और सारे कहाँ गए प्रभा कहाँ है और हेमू ये सब छुट्टी है बढ़िया पेरेंट्स को बता देंगे ये लोग यहाँ आने के बाद फिर दुग्तुर, दुग्तुर, पूजा पढ़ाई यार पूजा है सरकारी छुट्टिया यूपी में नहीं है ना बताओ खुद तो ही बैठा था एक्चुअल हुआ क्या सभी लोग लाइव क्लास दूर के तो. आइए सारे वीडियो हाँ लाइक कर कर कर चार लोग जुड़ जुड़ चुके हैं। तो पहले ये आवाज कम कर लो। कमेंट दो दो तो लाइव क्लास क्लास क्लास है, जाओ। आज की कॉमन। कॉमन कॉमन पेपर पेपर। नंबर तो गया किसी किसी का आप लोग भी नहीं हुआ है कोई कह रहा है पूरा ही नहीं हुआ कह रहे थे कि हो चुका है राजकुमार थोड़ा बहुत ही ले रहा कह रहे थे एक दो ठीक है कोई नहीं जो बच्चा होगा कॉमन पेपर के बाद फोर फोर नंबर पेपर आ जाओ महीने कवर दो पढ़ा करते दो तीन दिन बताया था नेक्स्ट वीक छुड़ चुके हैं छ का फोन जुड़ा हुआ है देखने वालों को दो इसमें बताओ ये जो पेपर नंबर फोर है इसमें क्या पढ़ा पढ़ाओ आप लोग देखो फटाफट आप बताओ ना क्या पढ़ा रहे इसमें हाँ ये बताओ ये यूनिट टू कंप्लीट हो गया एक अपने ब्लॉक किया था कौन था उसका चलो ठीक है सब लोग लाइव क्लास जुड़ जाओ अभी लोग देख रहे हैं सही है। इसमें जो है क्या पढ़ाना ये बताओ यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया नहीं हुआ अभी क्या बचा है यूनिट 1.3 चलो 1.3 पढ़ लो कोई बात नहीं क्या नेचर क्या है नेचर बाई नेचर नेचर बाय नेचुरल है यहाँ पे नेचर बाई नेचुरल ने इसका इस तो मतलब क्या है मतलब बताओ पहले बोलिए कमेंट कर दीजिए सब लोग लाइव क्लास से जुड़े हैं आज कॉमन क्लास चल रहा है हिंदी क्या होती है मतलब पोषण बना प्राकृतिक यानी कि इसकी हिंदी क्या है? प्राकृतिक ठीक है इसका मतलब है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे हमें क्या क्या चीजें मिलती है और हमारे लिए क्या फायदे हैं क्या नुकसान है ये सारी चीजें इसके बारे में आपको जानना होगा ठीक है, है, है। प्राकेट थी, प्राकेट थी, प्राकेट थी, ना इसको पहला नहीं लिखिए पोषण सॉरी प्राकृतिक प्राकृतिक पहले हाँ नेचर नेचर में इसकी प्रॉब्लम की है तो ले ना लेकर क्या कैसे बोला जा रहा जरा तू पढ़ लो पहले सिलेबस समझो हुआ तो सही तो वो कहने का मतलब है हमारे की जो हमारे इन्वायरमेंट में है जैसे वो पेट वालो है जीव जंतु वो सारे है वो हमारे लिए किस तरह से भी यूज किया जा सकता है है या हमें उस कैसे करते करते हैं हैं हैं खाने पीने में में जो जैसे तो कोई होती तो क्या ना सर ये इंग्लिश वाले नेचर के बारे में समझो देखिए उन सभी सभी और कारकों को संदर्भित करती है जो संदर्भित कारकों को संदर्भित करती है जो तो हमें प्रभावित करते हैं हमारी शारीरिक बनावट से लेकर हमारी शारीरिक बनावट से लेकर आपके व्यक्तित्व की विशेषता अब इस शारीरिक वातावरण तो लेकर आपके व्यक्तित्व की विशेषता का मतलब व्यक्तित्व की विशेषता का मतलब आप समझते हो कि जो जिस एनवायरमेंट में जो व्यक्ति जैसा रहता है उसका दो तो एटमॉस्फेयर बन जाना उसको सिर्फ एटमॉस्फेयर बोलना होता है या नहीं अगर उसके साथ प्रकृति के साथ उस तो तरह से अगर आप नहीं लोग भलोगे तो क्या होगा क्या होगा तो साथ में नहीं हो तो कि जहां पे वैरायटी का मतलब है क्योंकि तो तो देखो जो पहाड़ के लोग रहते हैं उनको खाना बस ही यहां पे जो चीज फायदा होता उसी खाना को पसंद करते हैं यही होता है ना यहां पे जो वैसे हैं उनको उस एटमॉस्फेयर के साथ में बोलना जरूरी होता है नहीं तो वो नजर नहीं आएगा या उसको सोंदा पड़ेगा कुछ लगेगा क्लिक करते तो। कल्पना पॉइंट देखिए और पहाट की तरफ तो। तो पालन पोषण उन सभी पर्याय बढ़िए पालन पोषण उन सभी पर्याय बढ़िए चरों को संपन्ननदन लिखता है जो चरु पर्याय बढ़िए चरों को संदर्भित करता है 1 मिनट के बाद क्या चारों, चारों, चारों, करता है जो हम पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें बचपन के शुरुआती अनुभव बचपन के शुरुआती अनुभव हमारा पालन पोषण कैसा हुआ है नहीं हो गया हमारे सामाजिक संबंध और आपस की संस्कृति होते हैं हमारे सामाजिक संबंध और आसपास की कल्चर शामिल हैं अब हेडिंग क्या है एक हमने वो बनाया चार्ट बना हुआ है।, फिर आप कि तो किस वो है।, है कि हमारे लिए तो है तो है हमारे तो वो है वो हैं उपयोग जब तक कि कि हमारी जो एक्सपीरियंस वगैरह होती करते जीवन में तो ने लिखा गया ट्राई किया गया जिकल्स है आ, ये हेडिंग, हेडिंग का के उसको आप लोगों को समझना है कि हमारे लिए कैसे कैसे यूज होता है ठीक है इसमें अलग अलग बॉक्स बनाया गया है आपको समझाने के लिए इसमें क्या क्या शामिल है वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे इसमें सबसे पहले यहाँ से है राजकुमार यही कह रहे थे सर सर सर कि जो है दिन भी इनका एक ले ले तो इनका आगा, एक दो दिन क्लास लेंगे तो हो हो जाएगा ये सर, ये यूनिट ना निकाल लीजिए आप लोग देख लो क्या क्या हुआ तो समझो बात हो कि तो थो जो जो है, है अच्छा फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट फोर फाइव फाइव यूनिट पूरी तो आप तो, आउट दो दो तो आप ऐसा करना जो जो बचे हुआ पूरे पेपर में उनको टिक मारक कर दो बता देना या तो राजेश निकालेंगे क्यूँकी निकालेंगे क्योंकि घर के थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो या तो राज्य या मैं हम टाइम निकाल के आप लोगों के पेपर भी साथ के साथ कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है और दूसरा जितना पढ़ाया गया ना उसको सब मतलब तो तो कैसे भी पढ़े बहुत है इतने तो अच्छे नंबर आ जाएंगे लेकिन क्या है कि हम कोर्स भी कवर कर देंगे ऐसी बात नहीं है लेकिन जो उसको मुझे उम्मीद है और रही बात फाइव पॉइंट फोर की रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट सर मैंने लिखवा रही है 5 आप लोगों को 5 ठीक है ये भी कोई नहीं करा देंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं बस क्या है कि ठीक है नहीं हो जाएगा थोड़ा और बच्चा है ज्यादा तो हाँ, नहीं है अब देखिये ये होने में आज ये कवर कर दे रहे हैं बाकी हो गया है ये कवर हो चुका है ये वाली भी कवर हो चुकी है एक आध थ्योरी नहीं पढ़ा है बाकी हो गया इसमें बची ये यूनिट हो गई ये हो गई है ये करा दिया, हाँ फॉलो आपने करा दिया और एक तो हमने करा था बंडूरक हमने करा था जिन पे आदि हमने इनको पहले पढ़ा दिया था तो एक थ्यूरी इसमें पड़ी स्किनर की तो एक इसमें बसी है बाकी ये सब कवर हो चुके हैं ये भी कवर हो सकती है तो उसके बाद ये वाली बच रही है ये वाली भी ये भी हो चुका है ये भी हो चुका है और ये नहीं हुआ है और ये लास्ट लास्ट की की भी हो गई मतलब एक ही दो दो यूनिट बच रही हमारी कवर हो है इनको बस क्या ना कि ये लगता है की तो जो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है ये नहीं की वो तो पढ़ा लेकिन पता ही पहला है साइको Thank you see सबसे पहला है कि बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या है आप लोग ऐसे मतलब क्या है पहले डायग्राम बना लो फिर एक करके हम बताते हैं है? हमारे शिपमेंट में इस साइड में वीडियो की डेट तक यहां तक कवर हो गया और ये एक बच्चा है आपका बता रहा है सर उसको टीकाकरण करवा देंगे ठीक है और आपको कवर कितना हुआ है आप ध्यान रहे हम बार-बार रिकॉर्ड सब को कर रहे हैं लेकिन चैनल का बार-बार एक सब तो कहेंगे कि कितना हमने कवर कर मार्ते इसको आप पढ़ लीजिए ठीक है बिल्कुल तैयार रखो कहीं से कभी पूछ सकते हैं जैसे ही तो कवर हो गया उसको आपका यूनिट पे शुरू हो जाएगा रोज क्लास में चलती रहेगी और महीने के एंड में को दिस लेगा कि वो सारे इंटरनल एग्जाम करवा देंगे ठीक है इंटरनल एग्जाम हो गई तो इंटरनल एग्जाम जब हुआ वो पूरे 30 नंबर्स में होंगे ठीक है उसमें कितना नंबर आपको मिलेगा उसी के हिसाब से आप 30 में से आपको वही नंबर प्रोवाइड करेंगे आपको 15 मिला 15 का ठीक है समझ आ गया सर तो अबिला प्रूफ करेंगे फाइनल जो चैप्टर चल जाते हैं नंबर जो नहीं आ रहे हैं जो नहीं आ रहे हैं को फेर कर देंगे सर फेर देंगे सब अपने पास सारे तो फॉरवर्ड नहीं नहीं नहीं एग्जाम एग्जाम है है छह पेपर होंगे आप आपको उसी के पे प्रोवाइड किया जाएगा कि आपकी तैयारी तो कितनी है और सुनो हमारे बात जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं अगर इस केस कम नंबर पा रहे किसी होगी देखो नंबर तो पे किया तो तो कि जाता है, है हमारे जो कि वो अच्छे में से और अच्छा नंबर आए? जो उनको तो पता रहा है, है? फायदा अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो मुझे बता ठीक और दूसरी जो आप लोग जानकारी गवर्नमेंट ते नहीं नहीं लगती है तब तक ऑफर कि कि इस के बहुत अच्छा काम प्लान से हैं उस समय कंप्लीट लिया क्या रहे लोग मेरा लेकिन सात हज़ार दिया गया की सर हमें दो का मतलब ये नहीं है की जो है हैं कि उसमें से कौन सा बहुत ठीक है अब इसमें पहला क्या है बायोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है बायोलॉजिकल अप्रोच बायोलॉजिकल क्या होती है सुमित खड़ा हो सुमित स्टैंड अप सुमित बता खड़ा हो जाएलॉजिकल हाँ बायोलॉजिकल अप्रोच क्या होती किसको बोलते हैं इसमें क्या है एक आध बता बताए आपका नाम खड़े हो जाओ <laughs> इसमें मतलब क्या है हमारी शारीरिक हम एक जो समझा आपको ये हमारे सारी तो कि हमारे की बात तो किया बायोलॉजिकल होती है, है. ये सारी चीजें तो ना ये है समझेगी नहीं आप दूसरे में आता बैठ जा रहा हूं दूसरे में आता है पढ़ा, पढ़ा कि साइकोलॉजिकल क्या है है इसके बारे नहीं? नहीं बताए कि में ये चलो दिया कोई बात नहीं बताओ दिया है, है साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि इसमें जो हमने अभी आपको पढ़ा रहे हैं इसमें इससे जो साइकोलॉजिकल का क्या तात्पर्य आप मुझे बताया कंटिन्यू कंटिन्यू है है कोई नहीं दोबारा लो आ जाओ। यहां से तो बताओ साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता बताइए साइकोलॉजिकल का मतलब आपका सोशल बैठ जाओ बड़ा बड़ा के थक जाओ पर कुछ नहीं पता बस कोर्स को कर दो कैसे भी ना तो पढ़े, पढ़े, ले, पढ़े ले, ना पढ़े इसमें जो सोशल होता है हमारे सामाजिक होते हैं बचपन के जैसे चाइल्डहुड है ये सारी चीजें हमारी सोशल होती है सोशल का मतलब क्या हुआ जो एनालिसिस इसमें सोशल की बात किया जाता है कहते हैं ना आपका बच्चा मतलब क्यों साइकोलॉजिस्ट की बात आप लेके जाते हो देखने वालों की संख्या पांच हो गई है सही है इसमें क्या है तो सोशल हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों ले आते किसी ले हैं किसी क्लाइंट को क्यों लेके आते हैं गूगल पे नहीं मिलेगा कोई फायदा है गूगल सर्च करके हां तो ब्लैक क्लास से जुड़ जाओ हमारी लेक्चर सुनते रहो सुनो भाई बात सर जो साइको यहां पे हमने सेकंड पॉइंट बताया है सेकंड पॉइंट में साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ बोथ है इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी साइकेट्रिक के पास लेके आते हो बच्चे को तो क्या कहेगा कि ये बच्चा किसी को बुलाने में सुनता सुनता है है है सोशल सोशल तो नहीं। नहीं ये सारी चीजें चीजें होती होती वो हमारे uh, में है, हमारे साइकोलॉजिकल शामिल का मतलब हार्मोन्स हुए आपका पे आता है, कौगनेटिव, कौगनेटिव, कौगनेटिव में क्या नाम इसका नहीं खड़ी हो जाए हमने कॉग्निटिव कॉग्निटिव थ्योरी थ्योरी पढ़ाई हुई थी, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, नहीं तो में क्या बताया ये आँग। आँग। बहुत बहुत था ये बताइए आप? की अरे वहाँ बहुत अच्छा तुम खड़े तुम बताओ ठीक है बैठ जाओ आप देखो ये हमें यहाँ पे का मतलब ये हुआ कि जो तो समझने की क्षमता है और तो तरह से किसी ने करो आपको चाटा मारा तो दिमाग क्या कह तुम दिमाग काम क्या है समझ नहीं है तो जो हमारी हमें करना क्या है ठीक है अगर कॉग्निटिव की कहीं भी बात आती है, तो आप ये सोचना कि किस तरह से लेती हो, लेना है, जैसे आप को हाँ जैसे की आप ये सोचिए जो लेसन प्लान कराते हैं आप तो लिखते ना ये संज्ञानात्मक कौशलों का विकास कैसे होगा आप काउंटिंग पढ़ा रहे हो तो यही चुके तो लिखोगे ना संज्ञानात्मक कौशलों का विकास होगा क्या हुआ भी क्या है आप लोग समझ गए? नहीं समझे? उसके बाद अरे तो हिंदी बता रहे हो इसका मतलब क्या है ये माना होता तो हिंदी होगी इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है नाम नहीं पूछा ना आप अपने बारे में बता लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं।, तो नहीं है सर सही जितने मतलब क्या हुआ बताइए आप कोई कुछ रहे समझ हैं कि मतलब हमारा कहने का ये है कि जैसे एक ही कोई जो हम पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारी एक करके बताओ आप कह रही है खड़े हो जाए बताओ एक बार में हम लोग बताओ हाँ ठीक है नहीं किया मनुष्य और उनके मूल्यों ऐसी सम्बन्धित क्रियाओं ठीक है बैठ जाए तुम बताओ बताइए खड़े हो जाए बहुत बोल रहे बताओ बताओ सही कोई बात नहीं सीखोगे तो सही यानी कि मानवता का मतलब क्या है हमारा जो मेर कर्तव्य है कि हमें किसी के अगेंस्ट लड़ाई झगड़ा नहीं करना सबको एक समाज में जोड़ के रखना है जो भी कोई गलत कर रहा है कोशिश करो तो आपको तो समझाओ ये सारी मानवता तो मानवता का मतलब क्या है इंसानियत क्या चीज होती है था था। नहीं नहीं नहीं किसी की नहीं अरे वो तो पूरे तो पूरा तो तो तो लेकिन मानवता रही नहीं कुछ ना। कि कि कुछ रहा रहा आ, नहीं है इसका तो तो के तो कैसा कि मतलब जो हमें व्यवहार करना है वो कि तो तो किस है है आपको तो बहुत ज़्यादा फिर व्यवहार क्यों अपने बना हमने आपको बताया की जो हमारी प्राकृतिक है उसके साथ साथ हमें किस तरह से सीखने के लिए मिलता है और हमें क्या क्या चीजें सीखना है क्या हमारे लिए अच्छा है ये सारी जानकारी आपको इसके अंतर्गत आएगी ठीक है सबसे पहले आप लोग जब बार बार रिपीट करता है ये सारे से हैं ठीक है।, तो है, तो है।, है तो एक ही पॉइंट आउट करके आपको समय मिलता है तो आप ये चीज कर सकते हो ठीक है अलग अलग पांच पॉइंट बनाना पॉइंट में होगा जानकारी है इसकी कॉपी चेक करना अच्छे से जाना जरूरी है नहीं तो फिर ऐसे होता है ठीक है हैं। है? आगे प्राकृतिक पोषण की संबंधित है। दूसरा पॉइंट पॉइंट प्राकृतिक बहस बहस्यूमेंट बहस योगदान योगदान से है जो। उसे से संबंधित संबंधित है है जो, जो जो दोनों प्रभाव प्रभाव व्यवहार व्यवहार को को प्रभावित प्रभावित करते करते हैं हैं दोनों जो तो दोनों प्रभाव मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं अरे ये अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप पढ़ाई करोगे अगर आपको नामे पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे पढ़ाई तो करने के लिए दोनों आवश्यकता था तो तो तो <स्थ> है या नहीं है अगर आप पेटी बुकलेट में किसी कहानी का फॉर्मेट पढ़ाएगा 12학년 का नया को पढ़ाएं चलिए बोलिए आप कौन दीजिए कभी लेना काट दो हमारे लिए हर एक समय में इन दोनों चीजों की आवश्यकता हो होती है क्या हमें कई बार क्लास पढ़ना है उसके लिए या जगह हम कहानी का संविधान के बारे में पढ़ सकें हमें तो आवश्यकता है जैसे लाइट फैन कुर्सी चेयर से नहीं किया सकता तो आपको होना चाहिए ठीक है ना अब आगे देखिए यह लंबे समय से ज्ञात है कि नहीं, नहीं, नहीं। यह लंबे समय से है कि कुछ भौतिक विशेषताओं को भौतिक विशेषताओं को अनुवांशिक विरासत द्वारा अनुवांशिक विरासत द्वारा जैविक रूप से निर्धारित किया जा रहा है अब जैविक रूप क्या है जैविक जैविक रूप रूप से से निर्धारित निर्धारित किया किया जाता है। तो किया जाता है। तो है। विरासत द्वारा नहीं हो गया? अब ये बताओ जैविक विरासत क्या बताओ कोई भी कर लीजिए खड़े हो जाओ। भाई भाई हिंदी हिंदी क्या क्या होती होती है है? है? में जिसमें पेड़ जीव जन जीनत्व के बारे में बता जीनत्व में जय का मतलब जीन क्रम से संबंधित है उसका क्या कहते हैं ये कॉमननिटी है पैटर्न कहते हैं कि आपका जो अपना कॉमन है जैसे किसी के पेरेंट्स के आंखें ऐसे हैं उसके संतान में भी आएगी और माता-पिता को तो कृपया करना चाहिए कि क्या समझ क्या आया हो जयकि जो हमारे आर्य उसमें कह रहा है आंखों का रंग बाल और ये सारी चीजें सामने होती है बच्चे में ये आगे के संदर्भ में है संतुलित आंखों का रंग सीधे या आंखों का रंग सीधे पार? पार। सीधे या तो सीधे या त्वचा त्वचा में से घुरा रहे तो एक एक बार लिख देना है देता ना अरे है ना ना इसका मतलब मतलब क्या हुआ कि कोई कोई काला ऐसे बोलते शारीरिक रूप से बनाव किस तरह से हो सकती है कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसे ऐसा कहता है ठीक है न आगे हो गया जो हमें विरासत में मिली है ये हमें में मिलती है है या कोई सारी तो बातें आपको बताई है ये सारे हमारे द्वारा जो लोग अत्याधिक जो लोग अत्याधिक वंशांत को अपनाते हैं।, अपना हैं।, अपना हैं उन्हें अपनाते हैं उन्हें नेटिविस्ट नेटिविस्ट कहाँ जाता है? नेटिविस्ट लिख लो ना आप लिख लोगे ना हिंदी कम्युनिटी ना लिखिए ना। अरे ये सब तो हिंदी कम्युनिटी अब सही है। आपने क्या भी आगे सिखाएगा तो ये भी नहीं पढ़ेंगे। क्या था? उन्हें नेटिविस्ट नहीं ने ने के रूप में जाना जाता है मैंने तेरे से में बताएगा क्या है नहीं थे? नहीं थे इसे लिख <laughs> <laughs> के बताओ मैं कैसे जब सोता कहीं पर है अरे सुनो कैमरा आपकी तरफ ही नहीं है क्या हुआ के लास्ट आना सर विज्ञापन मुख्य और विज्ञापन आगे लिखो उनकी आगे आता सही में है आगे आगे नहीं है बता देंगे लिखने ये आप जाता हो गया क्योंकि हाँ समग्र रूप से उनकी जो ऐसे उनके नाम दिया गया है की समग्र रूप से मानव जाति की विशेषताएं विकास विकास का का एक उत्पादक है। का एक उत्पादक उत्पादक है, है। है, के, हम सारे क्या इसको देखो, जो शारीरिक बनावट होती है वो किसी के लिए तक नहीं आया है। बताने के बाद ना भी लिखो जिस तरह से हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है जिस प्रकार से हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है उसका युवा अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में नियमित रूप से होने वाले नियमित रूप से होने वाले परिवर्तन को माना जाता है जिसमें उसका भाषा अधिग्रहण जिसमें वाले परिवर्तन को माना जाता है जिसमें भाषा अधिग्रहण और संत्मक विकास को प्रभावित करते हैं तो। प्रभावित करते हैं गया तो। ये हमारा इसका अगर आप लोग तो नहीं अब आगे लिखवा दे ये इसका परिचय हो गया कि जो हम बायोलॉजिकल अगर हम पढ़ रहे उसका अगर हम बात करें क्या करता है अरे ये सारी चीजें क्या लिखवाया हमने और क्या सबसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं की जो हमारे बायोलॉजिकल Uh, सारे पांच पांच कंडीशन बताया ना बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव बिहेवियर ये सारी चीजें हमारे क्या है एनवायरनमेंट से मिलती है ये या हम कहीं से उसकी क्या कहते हैं प्रकृति ना बायोलॉजिकल टर्म में हम कहते हैं ज्ञान या लाइफ को्युनिटी हम कहते हैं क्या एड्रेस को मतलब बताना समर्थन ना हां ठीक है कर रहे हैं अब आगे लिखिए लिखो सिद्धांत इसका थ्योरीया आप नेचर एंड नेचर इसका सिद्धांत लिखो सिद्धांत प्राकृतिक और कौशल सिद्धांत Oh सिद्धांत इनका ले रहे हैं तो रहता है हा। अब कैमरा हाँ ठीक है बता देंगे इसको चलो लिखो आगे और का जो लिख रहा होगा हो, सुन के रहा होगा की मानव आक्रमणता आक्रमणता तो है, है।, है। अमोण, अमोण तक तो तो क्या है? किस किस की प्राकृतिक या कुशल सिद्धांतों का कारक है प्राकृतिक या कारक है आगे व्यवहार को, को प्रभावित करने वाले और मानव को और मानव को मानव को नहीं मानव व्यवहार को लिखना था, था मानव व्यवहार को आकार देने वाले कारकों का आकलन करने वाले मानव व्यवहार को आकार देने वाले कारकों आकार देने वाले कारकों का आकलन करने वाले वैज्ञानिकों के बीच वैज्ञानिकों के बीच मानव व्यवहार पर लगातार बहस होती रही है केंद्रित होता है जो आक्रमक व्यवहार की व्याख्या करते हैं आगे देखिए कोशिश किया सेंटेंस लिटिक करिए अबार बार सेंटेंस लिखते गए हैं जैसे शुरू से सब लिख के काफी समय निकल सभी सही करके किया कोशिश करेंगे तो बात पर उसीली समझा रहे कि थोड़ा भी पॉइंट आकर थोड़ा बात में सही नहीं रहा उन्होंने एवं में इतना का कोई नहीं इसको गलत नहीं बताएंगे वो सेंटेंस लिख क्या कर देना दे कितना दिया था महंगाई देखो कोई भी सामान जब बिकता है तो उसके हाथ पेज के हाथ जिम्मेदारी है अगर देख लिया नहीं है तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है había que